तो हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे टेक यूट्यूब चैनल में आप लोग को तो भाई आज हम आप लोग को सिखाने वाले हैं यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाएं उसके लिए आपको सबसे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा पिक्सल लेव चलो प्ले स्टोर पर मैं लिख देता हूं सर्च कर लेता हूँ पिक्सल लैग। पिक्सल लेव लिखते ही आ जाएगा तो मैं इसको क्लिक करते हैं तो मेरा ऑलरेडी पहले से डाउनलोड है मैं तो इसको ओपन वाले बटन पे क्लिक करते हैं आप लोग डाउनलोड कर लेना इसको जाके और डाउनलोड हो चुका है अब यहाँ पे साइड वाले बटन थ्री डॉट पे क्लिक करना है अपने को क्लिक करने के बाद इमेज साइज पे क्लिक करना है उसके बाद कस्टमाइज पर क्लिक करना है फिर तो यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करना है ओके कर देना है सोलह कर रेसो बन के आ जाएगा तो अब आपको यहां से अपना थंबनेल बनाना है तो आपको फ़ोटो चूज करना है जिस भी फ़ोटो का थंबनेल बनाना चाहते हैं आप चलो मैं यहां से अपना फ़ोटो चूज कर लेता हूं जिस भी चीज़ का मेरे को थंबनेल बनाना है तो यहां से मैं पीएनजी फ़ोटो नहीं यहाँ से मैं एक फ़ोटो चूज कर लेता हूँ अब मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा ट्रिम कर दूँगा अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं इस हिसाब से मैं इसको ट्रिम कर दिया अब यहाँ से मैं इसको ले लिया फ़िट कर दिया। अब आपको अपने हिसाब से इसको फिट करना है इसको मैं थोड़ा सा फैला देता हूँ उसके बाद फिर से मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ सिंपल तरीका आपको बताऊँगा थमनेल बनाने का ये गलत आ गया है इसको तो अपन लोग को लेना नहीं है इसको हटा दिए हम ये वाला फ़ोटो फिर से हम लिए अब उसके बाद ये फ़ोटो को हम यहाँ पे लेके आ गए हैं, इस तरह से अब अपने को इस तरह से एडिट करना है जीरो वाले बटन पे क्लिक करना है जो सुन मैं जिसको बार बार दाब रहा हूँ आप लोग को दिख रहा होगा उसके बाद फिर से अपने को लेयर पे चल जाना है लेयर वाले बटन पे क्लिक करना है साइड वाला जो वुलम दिख रहा है इसको फुल कर देना है दोनों साइड से आपको फुल कर दिया उसके बाद ए साइड से आपको इस तरीके से इस तरीके से लेना है इस तरीके से जिस तरीके से मैं ले रहा हूँ उसके बाद फिर यहाँ पर क्लिक कर देने का ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा उसके बाद ए वाले फ़ोटो पर क्लिक करने का फिर इसको लेयर पर क्लिक करने का इसको बड़ा लेने का फिर इसको भी कुछ उसी टाइप का कर देना है फिर सही वाले बटन पे क्लिक करना है ओके कर देना है तो गई ये नहीं हो पर इसको थोड़ा सा ज़्यादा लंबा कर ले लिए थे इसके लिए थोड़ा आगे तक करना पड़ेगा इसको तब जाके होगा ये इसको इस टाइप का अब इस टाइप का हो गया है अब ये दोनों को हमको एडजस्ट करना है इसके लिए फ़ोटो को आपको बड़ा करना पड़ेगा इस टाइप इस हिसाब इस से देखिए जिस हिसाब से मैं कर रहा हूँ उस इस हिसाब से आप कर सकते हैं बड़ा ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया इसको आप एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से आपको जो अच्छा लगे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं आप एडजस्ट करने के बाद आपको लॉक कर देना है लॉक कर दिए उसके बाद आप जो भी कुछ लिखना चाहते हैं टैक्स वाले ऑप्शन प्लस वाले पे क्लिक करके टैक्स लाने का उसके बाद ये वाले बटन पे क्लिक करने का फिर एडिट वाले पे जाने का एडिट वाले पे जाने के बाद आप जो भी लिखना चाहते हैं जैसे कि मैं लिख देता हूँ ए बी डी अब मैं इसको इस हिसाब से एडजस्ट करूंगा कि ताकि थोड़ा अच्छा लगे तो इसको मैं कलर कर देता हूं सबसे पहले तो कलर के लिए आपको बेस्ट कलर में बता देता हूं कौन सा रहेगा आपके लिए तो रेड ये वाला कलर आपको सबसे बेस्ट रहेगा इस आप कर लेना ये राइटिंग इसमें ले सकते हैं अब जिस हिसाब से इसको एडजस्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसको कौन से हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हैं इस तरह का आपका कुछ थंबनेल बन के क्रिएट हो जाएगा अब इसको और अच्छे से इंक्रीज भी कर सकते हैं और अच्छे से बना सकते हैं आप यहां से जाके कर वाले बटन पर क्लिक करके वहाँ से जा कर टू गैलरी पर क्लिक कर सकते हैं वहाँ से आपका थमनेल बन के तैयार हो जाएगा और आप वहाँ से सेव कर सकते हैं थोड़ा देर ऐड चलेगा ऐड चलने के बाद आपका थंबनेल सेव हो जाएगा तो ऐड को स्किप करते हैं तो इ, कुछ इस प्रकार आपका थंबनेल बन के क्रिएट हो गया कुछ इस प्रकार तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही था नॉलेजबल अगर जो पीएनजी में आपको फ़ोटो इस तरह से कन्वर्ट करते हैं नहीं पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मैं आपको बता दूंगा